हेलो गाइस, मैं आ गया आगे एक नया वीडियो लेकर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करके देना बेल नोटिफिकेशन को ऑल को सेलेक्ट कर देना वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना चलिए वीडियो शुरू करते हैं

Oh. एहे, रहा नहीं जाता ऐसी है ना तलब नहीं, तलब नहीं सो